खा का खा खा खाने हे राजा, तेरे जारे बा कोबीरता खा खा खा खा दे जा तेरे बा को खा खा खा हांदे हाथे सारे जमतो पंचाते तो ला त्यो डल्लिखा उम के ला त्यो डल खा खा खा खाके छोरो काम उनके खा खा अपने ख बाटा लागे चिंडे पार्थिस थीस झुलफी त्यो अपने साखी बाटा लागे चिंडे पार्थिस थी जुलफी त्यो पारिस आमा थूत ढूंगरी झिक थैली को पारिस आमा थुत ढूंगरी झिक थैली को झड़के लाले मदला बंडा हुंदे हुंदे दे, दे दे जा लाले मागला पंडा कुंदे कुंदे दे जा देवस्ता जाता